नमस्कार मैं पंकज आप सबका स्वागत है द ग्रुप ऑफ इंपैक्ट मीडिया द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स एंड बीबीसी 24 सी ट्वेंटी फोर में हम खड़े हैं अग्रसेन भवन में यहाँ पे थान मथुरी माता का जागरण आज चला और बहुत ही भव्य तरीके से बहुत ही अनोखा ये उत्सव हुआ इसके बारे में आइए मैं यहाँ के तमाम पदाधिकारी जो हैं उनके साथ मैं आपको रूबरू करवाता हूँ और वो आपको और इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे कि ये थान मथुई माता जी का जागरण का उन्हें प्रेरणा कैसे मिला कहाँ से आरंभ हुआ कैसे हुआ तो आइए मैं आपको मिलवाता हूँ थान मथुई माता जी के जो इस जगरा जगराता को किए हैं जो रामपूरिया परिवार तो उस परिवार के तमाम लोग हमारे पीछे हैं तो आइए मिलते हैं उनके साथ ये थान मथुरी माता जी का जागरण आप कितने वर्षों से करवा रहे हैं और ये प्रेरणा प्रेरणात्मक मिले थान मधुई माता का जागरण अपना सत्रहवा प्रोग्राम है इस बार इससे पहले हम लोगों ने प्रथम बार घर में किया था जी उसके बाद हमने लगा कि घर में प्रोग्राम कुछ भी कर सकते हैं लेकिन परिवार को एकत्रित -एक तो और नए बच्चे को थान मथुरी माता से कुल देवी की जानकारी हो इसके लिए हम लोगों ने सत्रह साल पहले चालू किया इस बार साल है जो कंटिन्यू प्रोग्राम हो रहा है लगातार सत्रह साल सत्रह साल बदरामपुनिया परिवार की तरफ से करवाते हैं थानवी हो गया के बगल में छः किलोमीटर पड़ता है चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर राजस्थान में ये विराजमान है कुलदेवी वहां पर अपने साल में दो बार चैत्र में और आसोद में बड़ा मेला लगता है और यहां पर हम लोग सत्रह साल से कंटिन्यू पूरा परिवार के साथ एकत्रित होकर पूरा परिवार मिलकर खूब भव्य भव से जागरण करते हैं ऐसे समय में आप ये तमाम सिलीवरी शहर वासियों को और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप देशवासियों को ये संदेश है कि अपने जो भी कुलदेव चाहे देवी हो चाहे बालाजी हो उनका फर्स्ट ध्यान करें उसके बाद कोई भी स्थान में दर्शन करें कोई बात नहीं है जय माता दी जय माता दी स्वागत है आपका द ग्रुप ऑफ इम्पैक्ट मीडिया ग्लोबली न्यूज और बीबीसी 24 फोर इंटू सेवन ने किया इस जागरण में आपको कैसा अनुभव रहा कैसा अनुभूति रहा आप अपने बीच अनुभव को थोड़ा शेयर कीजिए हमारे दर्शकों जय थानी माता की हम लोग परिवार शिलीगुड़ी के अंदर है बस इस माता का प्रोग्राम विगत सत्रह वर्षों से हम लोग कंटिन्यू कर करते आ रहे हैं इसके अंदर सबसे ज़्यादा योगदान हमारा सुरेश भाई का है उनका पूरा परिवार ही माता के जागरण के लिए जड़ित रहता है ये प्रोग्राम हम लोग रामनवमी के दिन करते हैं लेकिन व्यस्थता के कारण बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं हमारे तो इसलिए रामनवमी के बाद जो पहला रविवार पड़ता है उसके अंदर ये प्रोग्राम हम लोग करते हैं जिससे हमारे रामपुर या परिवार के सराउंडिंग एरिया में जो भी व्यापारी रहते हैं जो भी रामप्रिया परिवार के रहते हैं प्लस खानी माता को मानने का जो भी परिवार रहता है वो आए और आपस में मिलन हो जाए एक एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हम सबको परिवार को जोड़ दें परिवार को जोड़ने जो का प्लस सिलीगुड़ी के जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं सब आते हैं हम लोगों का सब खुला निमंत्रण होता है कि आइए माता का कीर्तन में माता का भर्जरण कीजिए माता का भजन आप करिए माता के आशीर्वाद पाइए माता हमारी साक्षात है इनका परचार साक्षात रहता है हम सभी भक्तों से निवेदन करते हैं कि माता सब पर कृपा बनाए मैंने एक चीज़ देखा रामपुर परिवार के अलावा भी दूसरे परिवार के लोग भी इसमें शामिल हुए थे तो ना ना ना हम लोग हम लोग दुर्गा माता का हर तरफ से चाहते हैं कोई जीवन माता मानता है कोई पहाड़ी माता मानता है कोई देवी सब सब देवियां तो एक है जी, जी, लेकिन सब का अपना अपना बुजुर्गों ने एक एक स्थान सोच कर लिया था वहाँ पर धोख मारते हैं जाल जरूला होता है हम सब कुल देवी जो भी मानते हैं नहीं मानते हैं सबको विभिन्न आमंत्रित करते हैं कि वो आए माता का आशीर्वाद ले भंडारा में प्रसाद लेकर पुण्य का भाग्य बने बहुत बहुत सुखवास थे ऐसी अवस्था में भी आप आके हमसे बात की इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद माता रानी से मैं करूंगा कि रामपुरिया परिवार और तमाम शहर वासियों को माता रानी अपनी कृपा दृष्टि बनाए और सबको तो खुश सके एक बार जयकारा हो जाए की खान मुठे माता की अल्लू वाली माता की जय शेरा वाली की जय माँ जगदम्बा की संकट भोजन रामचंद्र जी की आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद चाचा के बाद